गर्मी में सुस्ती और थकान महसूस होती है तो इन छह चीजों को खाएं। एक दही दही में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं मलाई रही दही का सेवन करने से आपकी थकान और सुस्ती दूर हो जाएगी दो ग्रीन टी जब ज्यादा थकान व तनाव हो तब ग्रीन टी पीने से आपको फायदा होगा यह आपकी बॉडी को ऊर्जा देती है और एकाग्रता बढ़ाने में भी मदद करती है तीन सौ तो केवल माउथ फ्रेशनर ही नहीं है इसमें और भी कई गुण होते हैं इसमें कैल्शियम, सोडियम, आयरन और पोटेशियम पाया जाता है, जो कि आपके शरीर की सुस्ती को भगाने में मदद करता है चार चॉकलेट ये तो आप जानते ही होंगे कि चॉकलेट खाने से मूड ठीक हो जाता है इसमें मौजूद कोको आपके शरीर की मसल्स को रिलेक्स करता है इस कारण चॉकलेट खाने के बाद आप तरोताजा फील करने लगते हैं पाँच दलिया दलिया में मौजूद कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में आपके शरीर में जमा हो जाता है ये जमा ग्लाइकोजन धीरे धीरे आपको पूरे दिन ऊर्जा देता रहता है 6. पानी कई बार शरीर में पानी की कमी होने से भी सुस्ती आने लगती है ऐसे में आप ध्यान दें कि दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी व तरल पदार्थ जैसे जूस आदि पीते रहे ऐसे और भी कई आयुर्वेद में बताए गए एवं माने हुए सुप्रसिद्ध व रोजमर्रा जीवन में काम आने वाले कारगर नुस्खे पढ़ने और लाभ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं